अरे ओपन में बंदा ये घर के पीछे ओपन में मेरे पास एक बंदा क्लोज। मैंने एक ही था क्या ये मावी? नहीं मेरे वाला क्या तो गाड़ी और गाड़ी के पास ही है एक एक और चल चल भाई पर जा रहा हूं नेट डाला अबे वाइपर क्या मार अबे, अबे खिड़की को छुपी है तेरे साइड खिड़की के आर पार नेट डाला है नॉक योर को तेरे पास वाले को ले ये इसको मार ना वॉल के पीछे तेरे एंगल पे तेरे एंगल पे बेटा है वॉल के लेफ्ट साइड मार दूं ने हां हां हम पे है दूसरा जल्दी सुन सुन सुन ये ये मार मार दिया सुन। चेक करो वीकल निकाल वीकल निकाल वीकल निकालो देख लेफ्ट पे मारना। पे, ये ये तो लेफ, सुन, लेफ पे बंदे पे। वो ठीक तो है मारेगा वो पता है अभी अकेला तू है करके गाड़ी ले के कॉमन तो है वो वो। मारेगा। उसको छोड़ के आ रहे उधर। उधर पता पता ही था पता ही नहीं नहीं था तो तो मेरे को जो दो बने वही। चुप चुप चुप खेल ले। वो पकड़ लेना क्या कर लेगा? बहुत लो नाइस नाइस पकड़ पकड़, पकड़, पकड़. देखा हाँ उसको तीन दो बॉडी दिया नहीं नहीं भाभी को बोल मैं पीक ले रहा हूँ सॉरी सॉरी